हेलो गाइज कैसे हो आप सब लोग वो बात सब बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहेंगे गाइज आज मैंने गेम ओपन किया वहाँ पे लोन वल्फ का एक नया मोड आया मुझे बेसिकली पता नहीं था ये कौन सा मोड है बट ये पता चल गया था कि ये लोन वल्फ है मतलब सोलो ही खेलना पड़ेगा उसके बाद मैंने मैच स्टार्ट किया और लोडिंग होने में काफ़ी टाइम लगा पंद्रह सोलह सेकेंड लग गया आई डोंट नो यू और मैंने जब गेम ओपन किया यहाँ पर देखा कि लगभग आठ दस प्लेयर हैं मतलब तो ये आठ दस प्लेयर के साथ हमको खेलना पड़ेगा आप इस गेम में तीन बार मर गए तो आप एलिमिनेट हो जाओगे मतलब आपको दो बार या उससे कम एलिमिनेट होना है तीन बार एलिमिनेट नहीं होगा तो ही आप भैया कर पाओगे पहले राउंड पे मैंने एम एटीन एट्टी सेवन ए और डेजा डिकल ले लिया और ये मैच मुझे पता भी नहीं है कैसा है किस टाइप से कहाँ से बनना है मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये पहला दिन है मेरा पहला ही मैच है और वहाँ के सामने मैंने गंदा देखा एक शॉर्ट गन से मारा नीचे आ रहा था और उसे एक और यहाँ पे मर गया इसी के साथ हम लोग पहला राउंड जीत गए थे और उसके बाद हमको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि बाकी जो और प्लेयर है उनका भी मैच चल रहा था और इधर आप राइट साइड पर देख सकते हो तीन नंबर पर मैच जीत गया इस पर एक और नीचे उस साइड पर देख सकते हो ब्लूअ लगा हुआ है मतलब इन लोगों का मैच चल रहा है नीचे इन सब का अगर मैच खत्म हो जाएगा तभी हम सेकंड राउंड पे जा पाएंगे इन सभी का मैच खत्म होने के बाद मेरे को सीधा छः नंबर से दो नंबर पे उठा देता है और अब हमारा दूसरा मैच है और दूसरा मैच छः नंबर और दो नंबर के प्लेयर के बीच लगने वाला है और ये जो सामने वाला प्लेयर है इसका भी थ्री स्टार है और थ्री स्टार मतलब इसका भी तीन बार हेल्थ बचा है और मेरा भी तीन बार हेल्थ बचा है तो ये मैच मेरे लिए जीतना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जब तो सीटस हमने रेड कर दिया उधर उसका हेड दिखता था डायरेक्ट ए डब्ल्यू से हेड शॉर्ट मार्च से मतलब इसके साथ फाइट ही नहीं हुआ एकदम डायरेक्ट और इसी के साथ ए राउंड की हम जीत गए और यहाँ पे हमको फिर से वेट करना पड़ रहा है और इधर मैंने लेफ्ट साइड पर देखा एक अजीब सा चीज़ है मतलब ठीक से होली की तरह रंग बरसाने लग जाता है और इधर भी मेरे को दो नंबर पे रहा हूँ मैं एक नंबर पर नहीं आई डोंट नो कि उस हाइड से वो जो पहला नंबर का प्लेयर है वो मेरे से ज़्यादा पॉइंट लेके बैठा है इसलिए वो एक नंबर पे और यहाँ पे भी मैंने गन चेंज नहीं किया AWM के साथ ही गया और एम एटीन गन तो है और साथ ही में एट जी एम ओ वाला मतलब डेढ़ यहाँ पर डेढ़ सौ का एक और एक सीधा वॉन्टेड और इसी के साथ एम एच भी हम जीत गए और यहाँ पे प्रकाश भाई का एक जाते हुए वो तो देखो ये सामने वाला बंदा इस मैच का है तो, और मैंने इधर एक नमस्ते वाला इमोजी दिखा दिया आप इधर यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि सामने बंदे की मैच चल रहा है और दोनों में क्या तगड़ी फाइट हो रहा है और वहाँ पे वो लोग ग्लूअल लगा है आप उधर देख सकते हो एक बंदा एक जोन में जा रहा है एलिमिनेट होने के लिए और वो एलिमिनेट भी हो जाता है और इसी के साथ ए राउंड के साथ से ख़त्म होने वाला है यहाँ पे इधर मैच चल रहा है वो देखो इधर सामने एक बंदा मैच चल रहा है और इधर ये बंदा मैच जीत गया है ब्लू टी शर्ट वाला ये मैच जीत गया और यहाँ पे सीधा मेरे को दो नंबर से एक नंबर कर देता है मतलब एक बड़ा छलांग इस राउंड पर भी मैंने गन चेंज नहीं किया मैंने ए और एम के साथ ही गया और इधर सामने मेरे को बंदा दिखा नहीं वो शायद से कैंपिंग कर रहा है आई डोंट नो वहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं क्योंकि तो मैप के बारे में कुछ पता नहीं है वैसे ही मैंने फेंक दिया और इसको डैमेज पड़ गया और इधर मैंने अच्छा थी थी, फिर भी मरा नहीं और इधर जोन बहुत आ रहा है। इधर मैं मेडी भी मारने का टाइम नहीं लगा और यहाँ पे गलती से ग्लू मतलब ग्लू का सही से भी इस्तेमाल नहीं इधर मैंने पीछे बैठ के मेडिकिट मारने का सोचा था बट अगर मेडिकिट मारता तो जोन मेरी मिल्ट हो जाता इसलिए मैंने यहाँ पर सामने बैठ के एक मेटी किसी भी करके कर लिया और सामने जा रहा था उधर देखो सामने मैंने दो गोली मारा बट बहुत और उसके बाद और दो गोली मारा और वो मर गया और इतना भेजते हुए और इसी के साथ वो जो बंदा था वो अभी एलिमिनेट हो चुका है मतलब तो अभी हम पांच बंदे बचे हुए हैं और इस राउंड पे ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा कैंपिंग करके कर बैठा था इसलिए मुझे पहले दिखाई नहीं और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और वहाँ पे बंदे को चार चार के चार पांच गोली पड़ा और इधर तीन का एवं तीन से गोल शॉट पड़ा मतलब बहुत ही काउंट डैमेज आया और इधर मैं देखते हुए बट वो बंदा अच्छा से ग्रोजा से एक हेड मार गया और मैं मर गया इसी के साथ शक्ति भाई एक राउंड जीतते हुए शायद से अभी बोर्ड के टॉप से चले जाइए एकदम तो बोर्ड के टॉप पे चले गए और मैं दूसरे पे आ गया अभी ये हमारा सेवन राउंड स्टार्ट हो गया मतलब तो बहुत जल्दी जल्दी ये राउंड जा रहा है सेवन राउंड स्टार्ट हो गया और वहाँ पे ये वाला मैप पिछले पे नहीं आया था दूसरा आया था इसलिए ये मैप हमको समझ में नहीं आया मैं सामने से जा रहा था उधर वो बंदा कहाँ पर छिपे बैठा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं उधर बंदा दिख गया मैंने डेढ़ सौ पी मार की कोशिश किया बट गोली नहीं लगा उसके बाद मैंने एक फ्लैश फेंका फ्लैश से अच्छा खासा डैमेज है, कॉफी का डैमेज आया और इधर तो को दो गोली मारा और बंदा मर गया इसी के साथ हमने ए राउंड भी जीत लिया और ये सी भाई भी एलिमिनेट होते हुए अभी ज़्यादा बंदे बचे नहीं शायद से अभी तीन या दो बंदे ही बचे हैं बाकी सारे बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं और वो सबके भाई सिर्फ बचा हुआ है दूसरे नंबर पर काफ़ी अच्छा खेला था वो मेरे को शायद से फाइनल पर भी हरा सकता है क्योंकि उसी के साथ मेरा फाइनल होने वाला है मेरा भी दो हेल्थ बचा है उसका भी दो हेल्थ बचा है तो ये राउंड मेरे लिए जीतना काफ़ी ज़्यादा इम्पोटेंट था फिर तो तक इस बंदे को ढूंढ रहा था बट एक साइज से हार मैंने ए से डेढ़ सौ साइड शॉट मारा और इधर मैं एक फ्लैश फेंकने की कोशिश किया अगर इस हाइज से उससे एलिमिनेट हो जाए बट एलिमिनेट हुआ नहीं और मैंने तो राम मारने की कोशिश किया बट मेरे पास लू नहीं था और मैंने शॉर्ट दो गोली मारा और मेरा सिर्फ दस इंच बचा था नहीं तो ये राउंड भी मैं हार जाता अच्छा खेल रहा था और उसके बाद मैंने मेरे साथ इसका और एक राउंड भी स्टार्ट हो गया मैंने सीधा इधर रस्तने की कोशिश की मैंने पहले ही हुकॉन्ग यूज कर लिया बट एक गलती हो गया मेरे से मेरे को पहले हुकोंग यूज करना नहीं चाहिए था मैं बंदा ढूंढ रहा था बट वो मिला ही नहीं किधर है आई डोंट नो मैंने साइड पर जाने की कोशिश किया बट वो कुछ देर बाद वो पीछे से मेरे को मार दिया आप देखना भी वो पीछे से मारेगा वो पीछे से मार गया इसलिए मेरे को पहले कुछ समझ में नहीं आ गया ये बंदा काफ़ी ज़्यादा कैंपर है के मारते हैं और इधर देखो मेरे साइड से जोन आ रहा है मतलब ये जोन भी बहुत फास्ट आ रहा है और उसके साइड जोन भी है तो ये मेरे लिए एक दिक्कत की बात है मैंने ए को मारने की तो कोशिश की 150 का गोली बनाई और मैंने ग्लू भी फेंक दिया उसके आ, अच्छा खासा डैमेज है बट मैं भी अच्छा खासा डैमेज हूँ मैंने मारने की कोशिश किया बट उसने मेरे को मार दिया शॉर्ट से इसी के साथ मैं भी अराउंड अभी लास्ट राउंड बचा है जो जीतेगा वो मैच उसका ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर, तो तो कर देना पे आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना कुछ ही दिनों के बाद मैं चैनल पे पर लाने वाला हूँ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द उसे सब्सक्राइब कर देना और वो पास में जो बेल वाला वाइकन है उसे भी दबा देना और मैंने इधर गन चेंज कर लिया ये एम को छोड़ के एम पी ले लिया क्योंकि तब से देख रहा था कि एम पे काफ़ी कम डैमेज आ रहा था बट ये सही नहीं है एम से अगर कम डैमेज आएगा तो कैसे चलेगा वो शॉर्ट गन है और मैंने इसलिए एम पी ले लिया क्योंकि एम पी में धोखा कम होता है एम से और मैंने इधर एक फ्लैश फेंकने की कोशिश किया और फ्लैश से उसको डैमेज बहुत ही अच्छा खासा गोली मारा उसको एक छोटा सा हेड शॉट भी इधर से जाने की कोशिश किया बट उधर वो खड़ा था और मैंने इधर एक फ्लैश फेंका बट उसको डैमेज नहीं गिरा और वो लेफ्ट साइड से आने की कोशिश कर रहा था मैंने इधर पहले जोन पकड़ने की कोशिश की क्योंकि वो पिछले बार जोन की वजह से ही मेरे को मार गया था एटकन को गोली मार्ग तो तो सेवेंटी तो सेवन का दो हेडसोट आया और इसी के साथ देखते हुए मैं भी मैं जीत गया नहीं तो मेरे को भूया दे दीनिया चाहिए था बट क्योंकि मैंने अभी तक भूया नहीं दिया आई डोंट नो क्यू ये शायद से गेम का कोई ग्लीच होगा या और क्या कुछ चल रहा है मुझे को पता ही नहीं है काफ़ी देर तक वेट किया और इस बंदे को इस बंदे मुझे मार बंद नमस्ते वाला इमोट कर रहा और इसी के साथ मेरा बोलना होते हुए आप अगर तो तो एक वीडियो पसंद आए तो ज़रूर तो लाइक दूसरे किसी वीडियो पर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत